गैर मुल्की मुदाखलत जो है इसका खातिबा होना चाहिए हाथ कंडे आजमाए जाते हैं भारत की जानब ऐसी उनको भी बंद होना चाहिए पार्टी तो अभी शुरू हुई है पार्टी तो अब कश्मीर लेना था ना इन्हें हमारे पठान भाइयों ने तालिबान में ये कश्मीर लेके देंगे आपको आरएसएस की जो आ, कारिंदे हैं पहले हुए पूरे भारत के मुख्त इलाकों के अंदर वो हमारे वजीर खारजा के खिलाफ बाहर निकल आए हैं उनके सर की कीमत लगा दी गई है क्यूँकि बिलावल भुट्टो भी आजकल बस यही बता रहे हैं उनके सर की कीमत लग गई है इंडिया में दो करोड़ भारत जा करके इन्होंने पता नहीं कौन सा पता नहीं कौन गदा था जिसने इनको दो करोड़ रुपए भाई दो रुपए के दो सौ से ज्यादा के मुस्तक नहीं है दो करोड़ रुपये कीमत लग दी मोदी को एक बयान में गाली ले दी तो बड़ा वो हिरो बन गए वो एहको के लिए होंगे मेरे लिए तो वो वही हैं मेरे लिए तो ये गासिब हैं मेरे लिए तो ये हैं मेरे लिए तो ये बिल्कुल ऐसे लोग हैं कि जो अवाम का खून चूसने पे यकीन रखते हैं ये सारे ये जो आपके हीरो नेशनल हीरोजनबी ये ही ये गजनवी ये बाबर ये सारे इधर से ही आए थे गुजशत हफ्तों चमन बॉर्डर पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज की पाकिस्तानी शहरी आबादी को दो बार निशाना बनाया गया जिसमे छह शहरों की शहादतें भी हुई सारी दुनिया यहाँ वॉशिंग डी में हंस रही है के एंटी टेरिज्मी तो थी अफगान सरजमीन जो है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी नाम लेके ऊंचा उचा हंसू और उसके बाद रो फिर दिल खोल ये मेरे इस वक्त सड्डा सेंटीमेंट है से आपके बारे में चार कंट्रीज के साथ आपका बॉर्डर है चारों चारों के साथ दुश्मनी आप ये फॉरन पॉलिसी और दुनिया से आप मांगते हैं आगे से दुनिया है अब ये हालत ये ये आपकी फॉरन पॉलिसी आप मांगते हैं वो हंसते हैं आगे से तो फॉरन पॉलिसी तो आपको अंदाजा होना चाहिए <laughs> फॉरन पॉलिसी क्या है चार पड़ोसियों के साथ दुश्मनी और जहां खैर मांगने जाए वो आगे से हंसे तो फॉरन पॉलिसी ये है और फाइनेंशियल पॉलिसी ये है कि आपके पास 25 मिलियन डॉलर गूगल को देने के लिए नहीं है चार सौ कंटेनर कराची में सब्जियों में गल सड़ गए हैं गाड़िया यहां बनती थी आज उनके प्लांट भी बंद हो रहे हैं डिस्प्रीन आपको सर की दवाई कोटे पे मिल रही है पर एक पत्ता एक पेशेंट के लिए तो आप कहते हैं आप भी मजाक करती कैसे अनबिलीवेबल आरजू मेरा दिल करता है कभी पाकिस्तान का नाम लेके ऊंचा ऊंचा हंसू और उसके बाद रो फिर दिल खोल के ये मेरे इस वक्त है से आपके बारे में मैंने तो आपको बहुत कहा था कि मुर्गियां ले लें बकरिया ले लें ले, और घास वास स्टोर कर लें सर्दियां आ रही हैं और एक YouTube पे वीडियो देखा करें कि लोग ऊपर से आचिन के पास किस तरह रहते हैं मैं आजकल देख रहा हूँ सरवाइवल किस तरह है पानी कहाँ से हो सकता है आपको कुछ दस मील चल के जाके पानी लाना पड़ जाएगा करें चश्मो से सर हमें हाँ, तो वो भुट्टो साहब ने कहा था ना कि हम घास खाएंगे लेकिन बनाएंगे तो हम घास तो खाने की जगह पहुंच गए तो घास ही खा रहे हैं आप और क्या खा रहे हैं जहां से आए थे आप, आपके एरिए में तो घास भी बहुत है लोग सिंध में और बलोचिता में क्या खाएंगे मुझे तो उनकी फिक्र है इस्लामाबाद तो बहुत हरा भरा लेकिन आज मैं हैरान हूँ एक भी टीवी चैनल जो है वो अकानी में बात कर रहा हो एक भी टीवी चैनल तो सर खान नहीं? और उसके बाद पंजाब पंजाब डिस्कस हो रहा है तो आसो कभी आपने नोट किया आपने मैंने मैंने मैं नोट आजकल कर रहा हूं बड़ा इस चीज को कि जब ये सोलह दिसंबर आया बांग्लादेश का जब सपूत ढाका तो उसमें जो मैंने पुरानी सारी वीडियो चलाई देखी बीबीसी ने भी यहां तक चलाई ऐसी जिसमें उन्होंने इमेज यही दिया था कि इसको गिराने वाले पंजाबी थे तो सडनली मेरे जेहन में ख्याल आया कि अगले दिन जो हमारे जो मिलिट्री चीफ बने हैं जो पांच छह नाम थे वो जनरलों में से जिनमें से दो पिक कर थे वो सारे के सारे पंजाबी थे कोई बलोची सिंधी नहीं था उसमें कोई आर्मी जनरल क्या ये है या ये कैसे ऐसे हो गया? मैंने तो सुना कि सिंधी वैसे भी फौज में नहीं जाते कम जाते हैं बहुत। सुना, है, पता नहीं गलती से, से, है, गलती से ही आ गया हो हो सकता है ना कोई बलोची आ जाए कोई पठान आ जाए ये, मैं, मैं ये ये सोच रहा था हाउट इज पॉसिबल के कि चार सूबे हैं सात लाख छह लाख फौज है तो जो जारे सारे कहा सारे पंजाबी ये क्या चक्कर? में देखता वो भी सारे पंजाबी नजर आ रहे हैं किसी पी के, के, के डोमिनेट कर रहे हैं ना पंजाब बाकी सबको ये भी आगे नहीं, आगे नहीं आने दे रहे किसी को ये भी कहा जाता है इसी वजह से सबसे बड़ा सूबा ही पंजाब है सर तो कैसे आगे आने देंगे रकबे के लिहाज से बलोचिस्तान आबादी के लिहाज से पाकिस्तान पंजाब और फ्राड के लिहाज से सबसे बड़ा पंजाब इसमें क्वेश्चन दो नंबर में बहुत आगे और फ्रॉड में आगे है सुबह आपका बलूचिस्तान वैसे उसके लिहाज से आबादी के लिहाज से के क्या होता है और आगे इमरान खान की ये ऑडियो लीकियो लीक, वीडियो लीक तक चलती रहेंगी और देखते हैं पंजाब में कल क्या होता है कौन से आते है, कुछ बेहतरी बिलावल भुट्टो भी आजकल बस यही बता रहे की उनके सर की कीमत लग गई है इंडिया में है। दो करोड़ बिल्कुल बीबीसी पे भी आ चुका है आज सुबह बात <laughs> आई उनके सर के ऊपर बहुत फालतू के पैसे इंडिया के पास आ गए दो करोड़ इनके सर की कीमत लगा दी लेकिन ये की भी जिसने भी किया लेकिन सिंबलाइज़ होता है से तो नहीं। लेकिन बीजेपी का था और यूपी से था और यूपी के अंदर ही जुलूस भी निकला मेरे ख्याल में लेकिन उनको चाहिए था कि बाद में लोग कहते हैं आप भी वहां एक्सट्रीमिज्म के बारे में सोचते हैं मामला एक बड़ा अहम सामने आया और जाहिर है कि बहुत ही ज़्यादा तश्वीशनाक खबर भी है कि बच्चियों के स्कूल्स तो बंद ही थे तालीम पर पाबंदी ही थी लेकिन अब जामयात कॉलेजेस जो अली तलीम है खुवान की उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है मैं सर यकीन चाहूँगी कि इस पर हम प्रोग्राम में आगे चल कर बात करें लेकिन आज पाकिस्तान के हवाले से जो एक अहम बयान सामने आया वो एंतोनी गोथ्रेस की जानब से सामने आया कितना अहम है ये बयान खास तौर पर पाकिस्तान के लिए उनका आवाज़ उठाए जाना जो दहशतगर्दी के वाक़ात अफ़गानिस्तान से हो रहे हैं और फिर कितना अहम है ये उस तनाज में कि हम ये उम्मीद कर सकें कि उनके इस बयान के बाद दहशतगर्दी के वाकयात में कुछ कमी आएगी जो अफगानिस्तान से हो रहे हैं पाकिस्तान के जाने जी बिल्कुल आसमां आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है कि ये हम वही कह सकते हैं कि आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी आज जो समंगान में हुआ ईरान के साथ आ, उनको क्यों शिकायत है फिर तालिबान के आदत से इससे पहले उजबकिस्तान के बाडर पे जो कुछ होता रहे तरमीज़ और आसपास के जो सरहदी इलाके हैं उनको क्यों शिकायत है ताजिकिस्तान को ख़ान बाडर पे क्यों शिकायत है रूस क्यों कर ताजिकिस्तान और उजबकिस्तान और जो सेंट्रल एशियाई जो बफर जोन का किरदार अदा कर रहे हैं रूस और अफगानिस्तान के बीच में वहाँ पे क्यों मुसलसल अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं चाइनीज़ जो वहाँ पे मौजूद है चाइनीज़ गवर्नमेंट क्यों तशवीश में मुबतला है और उस एरिया को क्यों अटैक किया गया जहाँ पे काबुल के एक पोश एरिया में चाइनीस आबाद है ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तमाम बातें और ये तमाम इशारे जो हैं तालिबान के आदत के मौकफ़ की तरदीद करते हैं जिसमें वो बार बार हमें यही कह रहे होते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पड़ोसी और दोस्त के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो